है इज वेलकम टू दी लर्नम चैनल मेरे इस पर्टिकुलर YouTube चैनल पे आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कई ऐसे लोग होते हैं जिनमें लो कॉन्फिडेंस या कहते हैं कि लो uh, बिलीफ का प्रॉब्लम आता है तो द रीज़न बिहाइंड दैट कि देर इज़ अ वन थिंग दैट मोस्टली आप अपनी लाइफ में ना जो है वो दूसरों से करवाने में ज़्यादा यकीन रखते हैं और सेल्फ़ एफर्ट पुट करने के नाम पर आप जो है अपने आप को ठेंगा दिखा देते हैं आपको क्या करना है ना कि जब भी आप कुछ करते हैं ना तो सम थिंग्स या इन योर लाइफ ट्राई टू डू सम थिंग विथ योर सेल्फ ओनली डोंट टेक हेल्प ऑफ एनी इस चीज़ को समझने के लिए आप एक चीज़ समझिए कि अगर आप और मैं एक साथ जिम जा रहे हैं या आप और आपका दोस्त एक साथ जिम जा रहा है और आपका दोस्त आपको डंबल के साथ बाइसेप्स कहते हैं कि बनाने का एक्सरसाइज सिखा रहा है और आप सिर्फ अपने दोस्त को देख रहे हो आपका दोस्त बना रहा है कि देखो इस तरीके से डम्बल मारना है और आप अपने दोस्त से पूछते हो कि यार ऐसे कैसे डम्बल्स मार रहे थे या ऐसे कैसे क्रंचज़ कर रहे थे कुछ भी आप उससे पूछते हो वो आपका दोस्त करके दिखा रहा है आप कोई भी एक्सरसाइज कर नहीं रहे हो और जब आप कोई भी एक्सरसाइज खुद नहीं कर रहे हो और आपका दोस्त कर रहा है तो सिर्फ बॉडी जो बनने वाली है आपके दोस्त की बनने वाली है आपकी नहीं बनने वाली है सो so एग्जैक्टली exactly क्या करना होता है कि जब भी आप आ, सीखे जरूर सीखे किसी के हेल्प जरूर ले लेकिन अगर आप वो खुद पे अप्लाई नहीं करेंगे और खुद अपने शरीर का अपने बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कोई एफर्ट उस चीज़ का रिजल्ट नहीं दिखने वाला है सो so इस चीज़ के उदाहरण के तौर पे आप स्विमिंग को भी ले सकते हैं अगर मैं आपसे बोलूं कि आप स्विमिंग की दस पचास सौ किताबें पढ़ लें लेकिन अगर आप जो है किसी भी जगह पे जाके प्रॉपरली स्विमिंग नहीं देख रहे हैं आपको कोई गुरु दिखा रहा है कि देखो ऐसे स्विमिंग करते हैं ऐसे करते हैं और आप कभी खुद तैर के नहीं देख रहे हैं सो आपको कभी ना तो कॉन्फिडेंस आने वाला है ना ही आपको अपने ऊपर बिलीफ आने वाला है कि आप कर पाएंगे इसीलिए आपको ये अंदर अगर कोई डाउट आता है तो सबसे पहले आप कोशिश करें उसे खुद से सॉल्व करने की और जब आप ख़ुद से नाकाम ना हो जाएं, अब आपको लगे कि नहीं आपसे नहीं हो रहा है तब आप किसी दोस्त किसी एजुकेटर या किसी भी टीचर की सहायता ले सकते हैं इससे क्या होगा कि जब आप सारी चीज़ें खुद करेंगे ना तो डेफिनेटली इन फ्यूचर जब भी आप कहीं पे भी पेपर देने जाएंगे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है आपको खुद दिखेगा एक बार इसको ट्राई करके देखिए आपको खुद मज़ा आएगा ट्राई टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन यूर क्वेश्चन रैदर देन अदर्स क्योंकि आ, आपके क्वेश्चन अगर दूसरे सॉल्व करेंगे तो उनकी बुद्धि का उपयोग ज़्यादा हो रहा है आपकी बुद्धि का कम इसीलिए चीटिंग करने की बजाय दूसरों की हेल्प लेने की बजाय अपने बुद्धि का प्रयोग करिए चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पर और आप और वीडियो चाहते हैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल दिन बाबा टेकन एंड ऑल द बेस्ट अगर पूरा करना हो सीएसआईआर का सपना तो मेहनत से बढ़कर कोई संकल्प नहीं जब बात हो बेस्ट तैयारी की तो अनएकेडमी से बेहतर कोई विकल्प नहीं अनएकेडमी का एक टॉप एजुकेटर जिसे वीरेंद्र सिंह के नाम से जानते हैं अपने स्मार्ट टीचिंग से वो कईयों के सपने पूरे कराते हैं जुड़िए अनएकेडमी के साथ और ले जाइए अपना सी अपने साथ देखिए विरेन सर की फ्री क्लासेस अपनी तैयारी आजमाने के लिए और यूज करिए रिफरल कोड विरेन 10 परसेंट डिस्काउंट पाने के लिए